तो मेरा एक वेबसाइट यहाँ पर ओपन है गाइस यहाँ पर देख लीजिए पूरी तरह वेबसाइट ओपन होकर आ चुका है तो इस वेबसाइट के बारे में आपको लास्ट में बताएंगे वेबसाइट को कैसे ही आपको यूज़ करना होगा तो यहाँ पर देख लीजिए आपको फर्स्ट में यहाँ मिलेगा 10 लाइक यहाँ पर आपको विदाउट लोगिंग मिल जाएगा मतलब रील्स वीडियो आप यहाँ पर लाइक भी ले सकते हो सिंपली हम इस कॉल करेंगे फिर आपको यहाँ ढाई सौ इंस्टाग्राम व्यूज़ मिल जाएगा यहाँ पर देख लीजिए और वो भी गाइस ट्वेंटी आवर्स एवरी देखिए यहाँ पर क्या दिखाई अवेलेबल एवरी 24 फोर आवर्स मतलब 24 फोर आवर्स के बाद यहाँ पर आप व्यूज़ लाइक ले सकते हो आराम से गाइज आपको मिलेगा एक सब्सक्राइबर को जो हम व्यूज़ यहाँ पर इंक्रीज करके देंगे पाँच बज का अट्ठाईस मिनट हो रहा है तो इसी टाइम हम यहाँ पर व्यूज़ को फिर से ले पाएंगे 20 24 फोर आवर्स के बाद तो सिंपली गाइस करना क्या होगा क्रिएट ऑर्डर पे हम यहाँ क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर ईमेल डाला हुआ है कोई से भी आपको एक फेक ईमेल या एक्टिव कोई भी ईमेल हो यहाँ पर आपको डाल देना होगा ईमेल एड्रेस पर डाल देना होगा और यहाँ इंस्टाग्राम यूजर नेम मांगा जा रहा है तो गाइस आपको बस करना क्या होगा जिसे हम यहाँ पर फो यहाँ पर व्यूज़ देने वाले सब्सक्राइबर को तो इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे आने के बाद क्या करेंगे यहाँ पर इसका यूजर नेम को हम कॉपी कर लेंगे फिर उठ पाएंगे और आने के बाद कॉपी प्रोफाइल को कॉपी कर लेंगे और करने के बाद गाई सिंबल यहाँ पर पेस्ट करना होगा इस पेस्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को गैस आप लोग वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो मतलब फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो वीडियो पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर रहे ताकि आपको इसी तरह का वीडियो देखने को मिले और गैस वीडियो कहीं से भी अच्छा लग जाए तो गए वीडियो को प्यार से एक लाइक कर देना है तो गैस देखिए उस सब्सक्राइबर का यहाँ पर यूजर ने मैंने पेश कर दिया बस करना क्या होगा नीचे आपको दिख रहा होगा सेलेक्ट पोस्ट पर क्लिक करना होगा बस करने के बाद गई यहाँ पर आपको कुछ सेकेंड वेट कर लेना होगा जैसे ये लोडिंग ले रहा है हम कुछ सेकेंड वेट कर लेते हैं तो गैस यहाँ पर देख लीजिए जैसे कुछ सेकेंड वेट किया यहाँ पर देखिए इसका सारा यहाँ जितना है रील्स वीडियो आ चुका है यहाँ पर देख लीजिए तो हम एक रील्स वीडियो को ले, ले लेंगे जो यहाँ पर सात हजार एक सौ यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट वाले रील्स वीडियो को यहाँ पर ले लेंगे उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर 250 सौ व्यूज़ मिल जाएगा तो यहाँ गए आपको नीचे दिखा रहा होगा ऑर्डर एंड पे बट गए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको पे हुए, पे हुए, कुछ भी नहीं करना होगा बस आपको ऐसे ही आपको फ्री फॉकट में यहाँ व्यूज़ मिलेगा ढाई मतलब ट्वेंटी आवर्स के बाद सिंपली आपको बस करना क्या होगा ऑर्डर एंड पे पे क्लिक करोगे आपको कोई भी पे नहीं करना होगा यहाँ देख लीजिए आपको यहाँ क्या दिखाया है ऑर्डर किया, यह किया फिर हम मिसकॉल कर लेंगे तो यहां पर आप देख दिखा चुका है, और यहाँ को टाइमर भी दिखाएगा देखिए यहाँ पर तेईस घंटा देखिए चौबीस घंटा यहां पर, पर टाइमर लग चुका है मतलब ट्वेंटी फोर आवर्स के बाद फिर हम यहाँ पर फिर आप यहां पर व्यूज़ को ले पाएंगे तो यहां इंस्टाग्राम पे देखिए लाइक का ऑप्शन अभी मैंने रिफ्रेश किया इसलिए यहां पर लाइक का ऑप्शन नहीं दिखा रहा मतलब कमेंट्स सुन अभी दिखा रहा है नहीं तो आपको हम लाइक भी इंक्रीज करके लाइव प्रूफ दिखाते ये आते जाता रहता है मतलब दो मिनट एक मिनट में फिर आप रिफ्रेश करेंगे तो कमेंट्स में यहाँ हट जाता है सिम्पली हम आ जाएंगे इंस्टाग्राम पर आपको लाइव प्रूफ यहाँ पर दिखाएंगे कि इसका व्यूज़ ढाई सौ हुआ ही नहीं हुआ इस सब्सक्राइबर में देख लेंगे यहाँ पर व्यूज़ इंक्रीज हुआ ही नहीं हुआ तो हम रिफ्रेश करेंगे देखिए सात तो रिफ्रेश कर लेते हैं तो इस यहां पर देख लीजिए मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ देखिए सात हजार एक सौ था तो यहां बहत्तर हो चुका है देखा जितना वो रिफ्रेश करेंगे यहां व्यूज़ इसका इंक्रीज़ होते रहेगा देखिए यहां पर व्यूज़ अभी इंक्रीज़ हो ही रहा है देखिए यहां पर 200 मैक्सिमम इसका व्यूज अभी मिल चुका है और भी बाकी का व्यूज़ यहाँ पर मिल जाएगा आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हो यहाँ पर सात हजार एक सौ पैंसठ में देखा था और अभी सात हजार दो सौ छियालीस व्यूज़ हो चुका है तो इससे व्यूज़ यहाँ गाइस यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है तो गाइस आपको जल्दी व्यूज़ नहीं मिलेगा नैस तो आपको सवर करना पड़ेगा मतलब एक से दो मिनट या दो से पाँच मिनट आपको वेट करना होगा आपको व्यूज़ यहाँ पर लाइफ प्रूफ मिलेगा और रियल व्यूज़ मिलेगा आपको कभी भी यहाँ पर व्यूज़ ड्रॉप नहीं होगा देखिए फिर हमने रिफ्रेंस किया यहाँ तिहत्तर हो चुका है बहत्तर सौत्तर बहत्तर सौ से यहाँ पर तिहत्तर व्यूज़ हो चुका मतलब जितना व्यूज़ था यहाँ पर इसको काउंट हो चुका है सारा व्यूज़ यहाँ पर इसे मिल चुका है तो गैस इसी तरह इस वेबसाइट को विदाउट लोकिंग वेबसाइट को यूज करके यहाँ पर आप जितना मन करे उतना सारा आप यहाँ पर व्यूज को बढ़ा सकते हैं तो गैस उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा तो गैस मेरे वीडियो पे आपको एक लाइक कर देना और गैस आप चैनल पर न हो चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देते ताकि आपको इसी तरह का वीडियो देखने को मिले चलिए गैस फिर मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि जय हिंद